केंद्र सरकार ने देश किस योजना को लागू होने से अब देश का कोई भी नागरिक देश के किसी भी कोने में राशन ले सकता है तो चलिए उस एप्लीकेशन के बारे में हम आपको बताते हैं जिसको भारत सरकार ने अभी ही लॉन्च किया है तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आना है प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है मेरा राशन मेरा राशन जैसे ही आप डायल करेंगे तो इस तरीके का आपको मेरा राशन की एक एप्लीकेशन नजर आ जाएगी उस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा इसके बाद आपको मेरा राशन ओपन करना है ओपन करने के बाद टर्म्स कंडीशन को अलाउ कर देना है अलाउ करने के बाद आप देख सकते हैं होम स्क्रीन मेरा राशन कार्ड डिपार्टमेंट ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये एप्लीकेशन है जिसको वन नेशन वन राशन कार्ड भी बोलते हैं आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहला कॉलम है रजिस्ट्रेशन का तो आपको अगर कहीं पे भी आप जा रहे हैं या मुंबई में हैं महाराष्ट्र में हैं या कहीं पर भी उत्तर प्रदेश के बाहर तो आप अपना जो है राशन कार्ड वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा इसके बाद इंटर राशन कार्ड नंबर इस पर आपको राशन कार्ड नंबर डाल देना है राशन कार्ड नंबर डालने के बाद ये सबमिट पे क्लिक कर देना है जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें परिवार के जितने भी लोग राशन कार्ड में दर्ज हैं उन सबका नाम आ जाएगा कार्ड मेंबर की पूरी डिटेल इसमें आपको नज़र आ जाएगी इसके बाद आप माइग्रेशन डिटेल पर क्लिक करके आप जहां भी उत्तर प्रदेश त्रिपुरा तेलंगाना तमिलनाडु सिक्किम जहां भी आप गए हैं वर्क करने के लिए तो आप वहां पे अपना राशन कार्ड ट्रांसफ़र करके आप गल्ला वगैरह कुछ भी ले सकते हैं तो इसके लिए मान लीजिए आप उत्तराखंड गए हैं तो वहाँ की डिस्टिक भी आप यहाँ पर चुने और उसके बाद किस महीने से आप वहाँ पर राशन उठाना चाहते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको सन चूज़ कर लेना है उसके बाद मोबाइल नंबर आपको मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आप अपना जो भी वर्क करते हूँ वो बताइए मान लीजिए आप एग्रीकल्चर से हैं तो इसके बाद इलेक्ट करने के बाद सबमिट कर देना है ये आपका रजिस्ट्रेशन का को हो गया इसके बाद आप बाहर आएं और देखने नाउ ना योर एंटमेंट इस पर आपको क्लिक करना है आप यहाँ पे आधार नंबर से भी किसी भी राशन कार्ड के सदस्य के आधार नंबर से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं या आप आधार ए, राशन कार्ड नंबर भी दर्ज कर सबमिट करें इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपको कितना चावल और कितना गेहूं दिया जाता है क्या रेट पे दिया जाता है आप यहां पर देख सकते हैं और कितने किलो दिया जाता है इसके बाद आप इसकी स... तीसरी सर्विस देख सकते हैं नियर बाय राशन शॉप तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आप अगर जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश छोड़ करके महाराष्ट्र गए हैं तो वहाँ पे राशन की दुकान आप लोगों को पता ना होगी तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ पे आपकी नज़दीक राशन की दुकान है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं लेटीट्यूड एंड लॉन्गटीट्यूड ये आटोकट उठा लेता है तो इससे आपको परेशानी नहीं होगी आप इस पे मैप पर मैप पर भी टच करके देख सकते हैं कि ये आपकी दुकान कहाँ पर है और कितनी नज़दीक है इसके बाद ओ ए ओ एन ओ आर स्टेट आप इसमें देख सकते हैं चौथे कॉलम में कि भारत में जहाँ जहाँ भी वन नेसन वन राशन कार्ड का सिस्टम लागू हुआ है ग्रीन कलर से हैं और जहाँ पे रेड कलर शो कर रहा है वो कलर में अभी लागू नहीं हुआ है तो आप यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि आपके प्रांत में ये सिस्टम लागू है या नहीं ये आप देख सकते हैं इसके बाद बैक आइए और पांचवें नंबर सर्विस आप देख सकते हैं माय ट्रांजेक्शन इस पर आपको अपना राशन कार्ड नंबर डालना है और सबमिट कर देना है सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इन लास्ट सिक्स मंथ यानी पिछले छह महीने से आपको कितना राशन किस किस महीने मिला है तो आप इसमें पूरी डिटेल देख सकते हैं जैसे कि मान लीजिए 21 आठ 2021 को 12 12 किलो मिला है इसी तरीके सारे महीने में आप देख सकते हैं कि यह है तो आप इस पे आप जान सकते हैं कि आपको कितना राशन मिलता है इसके बाद छठे नंबर के छठे नंबर की सर्विस आप देख सकते हैं एलिजिलिटी क्राइटेरिया इस पे आप क्लिक करके देख सकते हैं राशन कार्ड नंबर या किसी भी पर्सन का आधार नंबर डाल करके सबमिट करें और देख सकते हैं बेनिफिशियरी भी डुप्लीकेट यूडीआई नो इस पे आपकी कोई भी डुप्लीकेट आईडी नहीं है और आप इसमें आधार भी पूरी डिटेल जान सकते हैं कार्ड नंबर एफ पी होम डिस्टिक कहाँ का है ये आप देख सकते हैं इसके बाद आप आधार सीडिंग आप ये देख सकते हैं कि आ, राशन कार्ड वगैरह नंबर डाल करके कि आपके राशन कार्ड के जितने भी सदस्य हैं उनमें सभी का राशन कार्ड आधार कार्ड फीड है या नहीं तो आप देख सकते हैं इसमें आधार सीडिंग के नीचे यस यस यस लिखा हुआ यानी इस राशन कार्ड में सभी के आधार सभी सदस्यों के लिंक हैं इसके बाद आप सिगेस्न फीडबैक इस पर आप किसी भी कार्ड नंबर डाल करके आ, अपना मोबाइल नंबर डाल करके यहाँ पे 200 शब्दों में किसी भी दुकानदार की आप शिकायत भी कर सकते हैं कि अगर बाई कोई दुकानदार आपको गल्ला कम देता है चावल कम देता है तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं इसके बाद ये लॉगिन का ऑप्शन है तो इस लॉगिन के ऑप्शन पे आपका कोई मतलब नहीं है या ऑफिशियल लॉग इन है यहाँ पर सिर्फ ऑफिस के ही लोग जो भी वन नेसन वन राशन कार्ड डिपार्टमेंट के हैं वो लोग यहाँ पर अपना वर्क कर सकते हैं आपके मतलब का नहीं है इसके बाद एफपीएस फीडबैक इसमें भी आप अपने स्टेट के हिसाब से कहीं पर भी आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं तो आशा करता हूँ दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा